अपुन अभी अभी पेस से उधर रहे क्योंकि बंदो बोले की नीचे आओ भाई लोग क्योंकि नीचे बहुत सारी फाइट हो रही है तो चलो अपुन नीचे आ चुके और अपुन के मतलब ऊपर छत के ऊपर एक बंदा आ रहा है जिसको अपुन को पहलना है मतलब पहलना है पिस्तौल के साथ उसे आने तो दो भाई लोग ये आज देख आ चुका है अपन के सामने और कूद भी चुका है ये देखो इसे पता ही नहीं की मैं कहा नॉक हो गया था पर उससे नॉक हो चुका है काली oh, yeah.